थर्टीज में है किलिंग 70s में ना ड्रग ऑफेंस का रिकॉर्ड है ना कोई ड्रग्स लिया योर इंसाफ ये रॉकी हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली अब मैं हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता एक ही आदमी है जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है राधे its show time एक ताकतवर को खत्म करने भगवान हमेशा दूसरा पैदा करता है क्या करें बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है बहुत जल्द कब्र में छुपेगा तू बचा सकता है तू खुद को तो बचाना